हाई ब्रदर्स मैं हूं लाला बिलाल अहमद रॉबि कनेक्टेड स्टूडियो आरडी सीरीज में आपको बताऊंगा कि आप अपने गेमिंग कंप्यूटर है ये कैसे इंटरेस्टिंग लोगों के लिए ट्रस्टी बना सकते हैं और आप ये जुगाड़ भी कर सकते हैं कि और सस्ता भी कर सकते हैं तो मैं ऐसा शॉर्ट कर दूंगा सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल को जो रजिस्टर है उस पर क्लिक कीजिए शेड्यूल दिया हुआ उसे आप सीधा ही कैनवा पर अपलोड कर सकते हो मींस सेट को और सबसे आपने सब्सक्राइब करना है लोगों को आया हुआ है आप जैसे ही लोगों आपके सामने बहुत सारे ओपन हो जाएंगे आपने करना क्या है इस स्टाइल में लोगों पर टिक करना है टीम में गेमिंग पर टिक करना है थोड़ा मुश्किल से आपको गेमिंग और प्राइस करना है इसमें आपके पास बहुत सारे लोग ओपन हो जाते हैं कोई भी आप अपनी पसंद का लोगों इसमें से करके आप ला सकते हैं मगर ये जो एक्सरसाइज है ये पेड़ है ये अगर आप करेंगे तो आपको डाउनलोड नहीं करेगा आपको अटेंड तो आप कर करूंगा और आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लोगो आप सिंपली उसको जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप जैसे ये लोगो है मैं इसको एड करना चाहता हूँ प्रोगेमर्स थोड़ा चिपचिपा कर देती हैं। अभी जरा हम 2022 लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा करके। इसका उसका लक चिपचिपा कर दिया है। इसलिए उगाव इसको हम उतार के टैक्स आपका नाम यूनिक मैंने ये टैक्स दिया मैं ये अब स्कोट बना कलर चेंज कर लें कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं आप एंड मैं जो आपको चीज़ बताऊंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बहुत अच्छी है आपके लिए इस हो ग्रैंड पे आप कोई भी कलर इसको दे सकते हैं मैंने ये लोगों दिया अगर आप कोई अपनी फोटो ऐड करना चाहते हैं जैसे मैंने ये लगाई है ये फ़ोटो इसमें ऐड करना चाहते हैं ये नहीं एलिमेंट्स तो में जाके इधर सर्च कर लें आप इधर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारे थंडर आ जाएंगे अब ये थंडर ले लें अब ये लगा लें इधर यहाँ इसको ऊपर लगा लें साइड पे ज्यादा अच्छा रहेगा इस तरह होंगे अब ये टे टे टेम्पल्स हैं ये है और भी अब ये ऐड पेज कर सकते हैं हम अच्छा ऐसे तो लिए एक ही पेज बहुत है अपलोड्स आप कोई भी अपनी फोटो ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट मैंने है। है, कितना अच्छा लग रहा है वाला बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है कोई भी आप इसको बैकग्राउंड दे सकते हैं गेमिंग का दे सकते हैं टैक्स का दे सकते हैं जिसका मर्जी आप इधर भी बैकग्राउंड आए हैं कोई आप अगर कोई अपना बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो वो भी आप इसे दे सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी लोगो में आपने लोगो तो क्रिएट कर लिया आप स्टाइल्स में आपने आना है एक एक का करके आपने क्लिक करते जाना है जैसे ये स्टाइल है ये मानने क्लिक किया देखिए देखे बदल ही गया बैकग्राउंड हम सिंपल यही रख देते हैं सिंपल बैकग्राउंड लगा लेते हैं स्टाइल्स में आपने आप ये अच्छा तो जाऊंगा डाउनलोड पर जाके आपने ऑल पेज है आपके तो आपने ऑल पेज नहीं करना पी एन जी है ठीक है आपने सिंपली एक पेज सेलेक्ट कर लेना है ये पेज और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है ये देखिए सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप तो आप यहां से डाउनलोड हो जाएगा आपने सारे स्टाइल्स ट्राई करने हैं बहुत अच्छे लगते हैं स्टाइल्स आप ऐसे जमीन और आसमान का फर्क डालेगा स्टाइल अगर आप दूसरे ट्राई करेंगे स्टाइल्स तो बहुत ज्यादा फर्क है स्टाइल्स में और आपकी असल में ये देखें आप कितना अच्छा ये लग रहा है इसको भी कितना अच्छा लग रहा है ये स्टाइल ये देखे कमाल हो गया, गया। ये स्टाइल स्टाइल बहुत अच्छे अच्छे हैं बहुत स्टाइल है आप सारे ट्राई करें जो आपको अच्छा लगता है आप वो स्टाइल डाउनलोड करें उसके बाद आप कोई और लोगो ये तो एक हो गया हमारा लोगो आप कोई और लोगो ऐड करते हैं हम अब जैसे ये लोगो ऐड करते हैं काफी खतरनाक भी है ये बंदा इधर हम लिख लेते हैं प्रो गेमिंग इसको कलर दे देते हैं कोई ब्लू दे देते हैं ये ज्यादा अच्छा लग रहा है अब इधर आप कोई भी आपको कोई चीज चाहिए तो आप एलिमेंट्स पे जाए वो आप सच कर लें आपको गेम वाला चाहिए आपको रिस चाहिए आपको ग्रास चाहिए आपको कुछ भी चाहिए वो आप इधर आ देगा सिंपली आप इसे इधर ऐड कर सकते हैं मगर आपने ये ध्यान रखना है आप प्रो ना ऐड ऐड करें दूसरा एड तो अच्छा कर, तो कर, कर सकते हैं कोई भी फोटो टैक्स है टैक्स लगा सकते हैं आप इधर जैसे लेकिन आपने ये भी टैक्स वो लगाना है जो कि फ्री हो प्रो ना हो टैक्स एड करते हैं क्लासिकल छोटा कर लें इसको अब यही लग गया है इसको बड़ा कर लें अब ये भी कितना अच्छा लोगो लग रहा है सिंपल आपने इसमें भी अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो आप इधर से बैकग्राउंड दे सकते हैं बैकग्राउंड लग जाएगा स्टाइल्स स्टाइल्स स्टाइल्स में भी आपने पे जाना जो भी आपको कमाल डाउनलोड पर, आप के पर क्लिक करें। पे जाके आप वो पेज डाउनलोड कर सकते हैं बहुत स्टाइल है स्टाइल्स में आपने फोकस देना है स्टाइल्स आप हर स्टाइल ट्राई करें जो भी आपको अच्छा, अच्छा लगे आप वो स्टाइल डाउनलोड करें मोर में जाएंगे आपको फोटोज ऑडियो ये सब कुछ मिल जाएगा एक लॉस्ट वन जो मैं आपको ऐड करके बताऊंगा लोगो दो माने आगे ऐड कर दिए ये तीसरा लोगो है ये देखें आप ये आप इसको फ्रेम भी दे सकते हैं कोई फ्रेम भी दे सकते हैं ये आप फ्रेम दे इसको प्रो गेमर्स हो गया ये हो गया फोटोज में आप जाए इधर गेमिंग लिखे गेमिंग की आ जाएगी ये गेमिंग वाली आ गई है ये आ गई अब पीछे ये आ जाएगी आगे ये आ जाएगी कितना अच्छा लग रहा है ये भी इसको भी आपने स्टाइल्स में जाना है स्टाइल्स अच्छे अच्छे ट्राई करने हैं आपने जो भी स्टाइल आपको पसंद आया आपने वो स्टाइल लगाना है आपको कोई भी और कोई मसला हो तो आपने कमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करना है तो मैं उसके लिए नई वीडियो लाऊंगा आप मैं बहुत जल्द इनशा टैग पर टैग के लोगों पर तीन टैक के लोगों आपको क्रिएट करके बताऊंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको जो दस बारह लोगो मेरे पास पड़े हुए है वो आप सिंपली जाकेट डोनो कर सकते हैं Thanks for watching subscribe our channel tech tips 2022 and press the bell icon to get more updates thanks for watching